रेलवे की खराब सड़कों को लेकर वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ ने सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया ये खराब सड़क के दुर्घटनाओं की वजह बनी हुई है इस प्रदर्शन के दौरान लोग परेशान होते रहे लेकिन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली एस से लेकर मुड़वारा स्टेशन तक रोड की हालत जर्जर स्थिति में है डब्ल्यूसीआरएमएस के पदाधिकारी और सदस्यों ने खराब सड़कों को लेकर चक्का जाम कर दिया न्यूकटनी जंक्शन के एस चौराहे पर वेस्ट सेंट्रल रेल मजदूर संघ ने रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की उनके मुताबिक आईएनटी के निर्माण कार्य के चलते सड़क की हालत खस्ता हो गई है जिसमें आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं इसी को लेकर कई बार रेलवे को चिट्ठी भी लिखी गई और मांग की गई कि सड़क को अविलंब बनाया जाए लेकिन रेल प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जिससे नाराज मजदूर संघ के लोगों ने सड़क जाम कर दिया जाम में घंटों तक लोग और स्कूली बच्चे फंसे रहे लेकिन मौके पर ना ही रेल प्रशासन पहुंचा और ना ही जिला प्रशासन ए टी से लेकर जीएम तक इस रोड के बारे में बताया कि ये रोड जब से एल का काम ये चालू हुआ सफर का बहुत परेशान है लोग गड्ढे गड्ढे रोड में हो गए कर्मचारी गिरते हैं घायल होते हैं लेकिन जब इन सबकी सुनवाई नहीं हुई तो आज टी सी आर बात हो सारे नागरिकों की अपने कर्मचारियों की ये समस्या जो है वो देखी नहीं गई मजबूर होकर के आज हम लोगों ने रोड बंद किया है और हमें विश्वास है कि चाहे रेल प्रशासन हो चाहे एल के अधिकारी हो और ये आएंगे और इसका रोड को ठीक करने की बात करेंगे नहीं हम लोग रोड का प्रयोग एलएनटी कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है रेलवे का काम है लेकिन उस सड़क को ऐसी स्थिति बना दी गई है कि आज सड़क का ही पता नहीं गड्ढे में सड़क घूरना पड़ रहा है और हमारे रेल कर्मचारी उसमें आए दिन उनके परिवार के लोग छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं जो तो नौकरी करने जा रहा है, आए दिन गिर करके अपने जो चोक, छोटी लो रहे हैं उनके हाथ टूट रहे हैं पैर टूट रहे हैं रेलवे रिटायर्ड कर्मचारी बहुत से यहाँ पे जो कॉलोनियाँ है, उसमें बस मकान बना के रह रहे हैं वो गिर रहे हैं लेकिन रेल प्रशासन का आश्वासन तो मिलता है कुछ गर्मी में पानी का छिड़का उड़का हुआ लेकिन यह नियमित काम है अभी इनका प्रोजेक्ट चार साल चलेगा तो चार साल तक क्या रोड हमारा ये खराब रहेगा इसी काम हम यूज करेंगे फिर प्रशासन को वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ ने अपने पत्रों के माध्यम से पीएनएम के माध्यम से और मीटिंग के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से बार बार उच्च अधिकारियों को बताने का काम किया और उनको मेमोरेंडम देकर के यहाँ की समस्या का भी निराकरण के लिए बार बार अनुरोध किया और बोला कि ठीक है पक्का रोड नहीं बन सकता है लेकिन कम से कम आप नियमित साफ सफाई और गड्ढा जो गड्ढा है उसको बराबर तो करिए रोलर चला करके उसको समय समय पे इतनी बड़ी एजेंसी है हमको तो लगता है दो घंटा में कहिए पूरे एनकेजे के परिक्षेत्र की रोड बना दे।